सफल आदमी की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण गुण जो मैं आपको बता रहा हूं किसी भी सफल आदमी का जो सबसे महत्वपूर्ण दूसरी क्वालिटी है दूसरा फंडामेंटल है दूसरा प्रिंसिपल है वो ये है कि किस ऑन रिवॉर्ड यू ऑलवेज फोकस ऑन द पर्सनल कंट्रीब्यूशन इसको बात समझ में आती है कि ये जो रिवॉर्ड है ये कंट्रीब्यूशन का बाय प्रोडक्ट है ये जो रिवॉर्ड है ये कंट्रीब्यूशन का बाय प्रोडक्ट विराट कोहली बल्लेबाजी करने के लिए मशहूर है राइट ये कंट्रीब्यूट कर रहा है टीम के लिए तो रिवार्ड ऑटोमेटिकली मिल रहा है हेलो है ना ये कंट्रीब्यूट कर रहा है तो रिवॉर्ड मिल रहा है ये कंट्रीब्यूट कर रहा है तो एडवर्टीजमेंट मिल रही है ये कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसको एंडोर्समेंट मिल रही है, ये कर रहा है तो ये ब्रांड एम्बेडर है।, है तो उसका लाइफ में सब अच्छा हो रहा है तो रिवॉर्ड मिल रहा है कंट्रीब्यूट कर रहा है तो यह सब मिल रहा है, ये रहा है तो इसको ये बात अच्छे से मालूम है कि जिस दिन मैंने कंट्रीब्यूशन बंद कर दिया उस दिन रिवॉर्ड तू फिट बॉथ है यार है ना इसलिए तेरे को हम तो साइन कर लेते हैं ऐसा नहीं है ना तू दिल्ली का लड़का है इसलिए तुझे साइन कर लेते हैं ऐसा नहीं है आज उसके पास 15 से 20 एंडोर्समेंट है क्यों है जानते हैं क्योंकि वो अपनी फील्ड में कंट्रीब्यूट कर रहा है रिवॉर्ड कंट्रीब्यूशन का है लेकिन कुछ समय के बाद कुछ लोगों का ध्यान साला कंट्रीब्यूशन से हटके रिवॉर्ड पर चला जाता है और यहां से मामला गड़बड़ मैं हमेशा से एग्जाम्पल देता हूं विनोद काम्बली और सचिन तेंदुलकर का करीब करीब दस साल से एग्जाम्पल दे रहा हूं विनोद काम्बली और सचिन सचिन तेंदुलकर तेंदुलकर। का। विनोद कामली वाज़ फ़ार बेटर प्लेयर देन रमेश उसने को पहला दोहरा शतक मारने के लिए बहुत सारे समय लग गया बहुत सारे मैचेस लग गए विरोध कामली वॉज अटर प्लेयर देन सचिन तेंदुलकर एक स्कूल से पास आउट थे एक ही कोच के नीचे खेलते थे और कामली का था? उस वक्त तेंदुलकर को कोई नहीं पूछता था आता ही जिसने दो तक मार दिया। उसका, तो तो उसका शुरू हो गई कानों में बालियां पहन ली यानी उसका ध्यान कंट्रीब्यूशन से हटा और कहा लग गया दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं किसी भी फील्ड में सफल लोग हैं उनका ध्यान दिमाग फोकस आई कभी भी रिवॉर्ड पे नहीं रहा उनका ध्यान रहा, लता मंगेशकर ने गाना गाया उसको क्या मिला रिवॉर्ड मिला लता मंगेशकर ने फिर गाना गाया तो फिल्म फेयर मिला लता मंगेशकर ने फिर गाना गाया तो फिर फिल्म फेयर मिला लता मंगेशकर ने फिर गाना गाया तो भारत रत्न मिला लता मंगेशकर ने फिर गाना गाया तो रिवॉर्ड मिला गाना गाया कंट्रीब्यूशन किया अपनी फील्ड में क्या किया कंट्रीब्यूशन किया तो उसके एवज में क्या मिला रिवॉर्ड और जिस दिन वो सोची कि मेरा कंट्रीब्यूशन बंद हो जाए और दिमाग चला जाए रिवॉर्ड पे तो ऑटोमेटिकली डाउनफॉल तो कभी भी जिंदगी में आपका फोकस आपका खोपड़ी रिवॉर्ड पे नहीं होना चाहिए आपका खोपड़ी कंट्रीब्यूशन